शुरू से हमारे जो न्यू थी हमारे दिमाग में अम्मा ने जो बाबा के प्रति पिताजी के प्रति डाल रखा था उससे यही लगा था कि हमारे गुरु लोग हैं उन लोगों ने सदा ईमानदारी से बच्चों को सिखाया बच्चों को बढ़ाया और तमाम गुरु बना दिए हम लोगों ने एक नहीं तमाम गुरु बना दिए जो अभी अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं कभी कभी विरक्ति की भावना नहीं क्योंकि ऐसा हमारा संगीत और म्यूज़िक का ऐसा एक धुन है कि जिससे हमें किसी की चीज़ की कमी नहीं लगती है मुझे लगता है कि यही सबसे सही है यही मेरा ध्यान है इसी में हमारी ज़िंदगी आगे भी खोज चलती रहेगी क्योंकि मैं अपने आप को एक बहुत अच्छा शागिरद कहता हूँ गुरु नहीं कहता हूँ कभी भी मैं शागिरद हूँ अच्छा पंडित जी यही ये, ये मॉडेस्टी कहाँ से आती है ये ये सहजता कहाँ से आती है कि आप अभी भी अपने आप को शिष्य मानते हैं आप कहते हैं कि मैं शिष्य हूँ मैं गुरु नहीं हूँ मैं एक मंथन गुरु ने मेरे दिमाग में दिल में डाल दिया हर सुबह मेरी जो होती है एक नई चीज़ से शुरुआत होती है और सोचता हूँ शाम को मेरे जो शिष्य आएंगे उनको आज मैं ये सिखा दूंगा तो पहले सीखने वाला तो मैं ही हूँ मंथन तो दिमाग और दिल करता है पर शिष्य तो मैं हूँ मैंने पहले मैं सीखता हूँ फिर मैं उनको सिखाता हूँ तो ये निरंतर ये लगातार बना हुआ मेरा ईश्वर के कृपा से बंद नहीं होता तो इसलिए मुझे तसल्ली है कि हाँ तो इसलिए मैं शागिद कर रहा हूँ मतलब आपको ना कि चीज़ बनती है उनकी कृपा से फिर मैं याद करता हूँ पहला शागिद मैं उसके बाद सबको बाँटता हूँ